हेलो एवरीवन आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि एस क्या है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या है स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लाई जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं बिना किसी रिस्क के और बिना किसी टैक्स के सो so, कैसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक गारंट है आप कहेंगे कैसे ये गारंटेड है गारंटेड इस तरह से है क्योंकि ये केंद्र सरकार ला रही है और आरबीआई द्वारा ये स्कीम जारी की जा रही है अब इतनी ही बेहतर स्कीम है तो हर कोई क्यों नहीं करवा ले रहा है आ, क्योंकि इसमें कुछ बाउंडेशंस हैं जैसे कि आपको मिनिमम आठ साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा उससे पैसे उससे पहले अगर आप अपना पैसा निकालेंगे उस बाउंड को आ, ब्रेक करेंगे तो आपको सरकार को नॉर्मल की तरह ही जो है टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आप मेचोरिटी के बाद हुई उस बाउंड से पैसा लेंगे उस बाउंड को लेंगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा बिना किसी टैक्स के आपको वो पूरा पैसा मिल जाएगा विद तो तो अब सवाल आता है कि अब ये हम बाउंड कब कब परचेज कर सकते हैं और कैसे अ, तो कब कब के लिए मैं बताता हूं कि आरबीआई एक नोटिस जारी करती है जिसमें अ, सारी डेट्स लिखी होती हैं कि इन ड्यूरेशन के बीच आप अपनी बैंक जाकर आप अपने डाकघर जाकर इस बाउंड <coughs> को करवा सकते हैं तो अ, वो डेट्स मैं इस इधर डाल रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि आप रिसेंट कब जा सकते हैं गोल्ड अगर गोल्ड स्कीम है तो गोल्ड तो हर जगह है हम ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं और वो हमारे पास स्टोर भी रहेगा तो मैं आपको बताता हूं कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क रहेगा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा जो आप अब ऑनलाइन गोल्ड परचेज़ करते हो उसमें आपके बहुत सारे एक्सपेंसिस बच जाते हैं किस तरह के एक्सपेंसिज इस तरह के बचते हैं जैसे कि आप फिज़िकल गोल्ड में तो ऐसा है कि आपकी मेकिंग कॉस्ट काटी जा सकती है पर डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं है कि आपकी मेकिंग कॉस्ट काट ली जाए सो so, जैसे कि आप फिज़िकल गोल्ड ख़रीदते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको फिज़िकल गोल्ड ख़रीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस करते हैं जी एस कटता है लेकिन ऑनलाइन जब आप कोई भी परचेजिंग करते हैं जब आप सॉरी ऑनलाइन डिजिटल गोड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ डिजिटल गोड में भी आपका टैक्स लगता है लेकिन सोवरन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो आपका देखा जाए तो पूरी तरह से पूरा पैसा सेव होता है टाइम सेव होता है सेफ्टी सेफ़ safe होती है स्ट्रेस कम होता है टेंशन कम होती है सो uh, so आपको अपने अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट चूज़ uh, करना चाहिए जो सेफ़ हो कम रिस्क वाला हो ज़्यादा बेनिफिट वाला हो रिस्क आप ले सकते हैं लेकिन आपकी एज पर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अब बात करते हैं कि डिजिटली हम क्यों इन्वेस्ट ना करें डिजिटली आप इन्वेस्ट इसलिए ना करें क्योंकि जो डिजिटल गोल्ड्स में इस समय इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या होता है आप पैसा जितना देते हैं उतना ही गोल्ड वो एक सेफ में रखवा देते हैं लेकिन जो एस है उसमें ऐसा नहीं है उसमें क्या होता है कोई गोल्ड नहीं होता है बस एक पेपर होता है जिसपे आपका उस पर्टिकुलर जितने का आपने गोल्ड ख़रीदा है उतने का उस पर नोट हो जाता है एक बाउंड तैयार कर लिया जाता है और वो आरबीआई के पास जमा हो जाता है तो इस तरह से ये सेफ़ है कैसे सेफ़ है जैसे आप किसी अभी अभी हमारे इंडिया में जितने भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट uh, प्लेटफॉर्म्स uh, हैं जो कि गोल्ड में हैं वो कोई भी से के अंदर नहीं आते हैं वो कोई भी आरबीआई के अंदर नहीं आते हैं और ना ही गवर्नमेंट पर उनका किसी तरह का रेगुलेशन है सो so, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो भाग जाएंगे लेकिन चांसेस हैं ठीक है लेकिन आप जब एस में करेंगे तो आपका किस तरह फ़ायदा है किस तरह से कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ही ला रही है ठीक है और ये आर के द्वारा इशू हो रहा है तो आर ही इसको रेगोलेट करेगी ज़ाहिर सी बात है और हमारे देश में आप जानते ही हैं कितना अच्छा है तो आप जब तक हमारे देश देश की अफ़गानिस्तान जैसी जो है हालत नहीं हो जाती है तब तक आपका पैसा सेफ़ रहेगा तो आप निश्चिंत रहिए अब बात करते हैं कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट एक राइट right डायरेक्शन में जाएगी और कैसे उस पर इंटरेस्ट लगेगा कैसे आप उस पर अपने मनी को वैल्यूज़ करेंगे अपने मनी को बढ़ाएँगे मान लीजिए आपने एक लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए ठीक अब दस साल बाद ये हो गए आपके डेढ़ लाख रुपए ठीक है एक लाख पचास हजार रुपए अब आपने कैसे हो गए मान लीजिए अभी आपने जो है दो तोले यानी कि बीस ग्राम गोल्ड इन्वेस्ट किया था दो गोल्ड खरीदा था ठीक है अब उसकी कीमत बढ़कर हो गई डेढ़ लाख रुपए यानी कि एक तोले की कीमत हो गई दस ग्राम की कीमत होगी पचहत्तर हज़ार रुपये तो आपको आठ साल बाद ही डेढ़ लाख रुपए मिलेगा बीस ग्राम गोल्ड की जगह ठीक है अब उस पे हर साल ढाई परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा जो बीस हज़ार इस पर हो गया इंटरेस्ट तो आपका ये टोटल बना एक लाख सत्तर हज़ार रुपये तो देख लीजिए उसके बाद जब आपको ये मिलेगा तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना है ठीक है तो अब मान लीजिए आपने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आठ साल बाद आपका गोल्ड तो हो जाता डेढ़ लाख रुपए का एक लाख पचास हजार रुपये का लेकिन उस पर जो मेकिंग जो मेकिंग कॉस्ट कटती वो कटती पच्चीस परसेंट जो कि हो जाती सैंतीस हज़ार ठीक है और इस जो जी कटता है वो कटता तीन परसेंट यानि कि पैंतालीस तो टोटल आपके जो है तो टोटल आपके माइनस हो जाते चालीस हज़ार पाँच सौ रुपये तो आपके पास बचते एक लाख नौ हज़ार पाँच सौ रुपये तो आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा अब अब बात करते हैं कि आप अगर सोच रहे हैं ऐसा कि मान लीजिए मुझे कोई एमरजेंसी आ गई मुझे वो पैसा निकालना ही पड़ा तो आप उसको कैसे निकालेंगे अब आप कैसे निकालेंगे तो आपने स्टॉक मार्केट का तो नाम सुना ही होगा ठीक है तो जिस तरह से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा आपके उस डीमेट अकाउंट में दिखाएगा ठीक है वो बाउंड वो पैसा जो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो पैसा नहीं एक बाउंड के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और वो बाउंड आप इस्टॉक्स मार्केट में डायरेक्टली आप बेच सकते हैं और वो जो वो वो बाउंड जो भी खरीदेगा उससे पहले आपको उस पर टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को तो ये बात आपके ध्यान रखने लायक है और वो जो पर्सन उस बाउंड को परचेज करेगा उसके साथ वहीं से वो फिर से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा और उसको कोई आ, टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक वो स्टॉक मार्केट में नहीं बेचता है अगर वो भी स्टॉक मार्केट में बेचता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस गोल्ड बॉन्ड पेपर्स की सहायता से किसी भी बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अब बात करते हैं कुछ हिडन बेनिफिट्स की जो कि है सोवेन गोल्ड बॉन्ड में जैसे कि आप कोई गोल्ड परचेज़ करते हैं जो कि फ़िज़िकल है फिज़िकल गोल्ड आप जब परचेज़ करते हैं तो उसको आप अपने पास रखते हैं जिसमें आप सिक्योरिटी से आपको उसको बहुत रखना पड़ता है सेफ में ठीक है तो चोरी होने का डर रहता है आपका ठीक है और इनकम टैक्स का डर ठीक है और आप जैसे कि आप कोई प्योरिटी का डर रहता है जैसे आप कहीं परचेस करते हैं उस गोल्ड को उसके बाद आप कहीं दिखाते हैं दूसरी जगह तो वो ऐसा आपको कहता है कि वो अच्छा गोल्ड नहीं है 24 कैरेट का नहीं है और मैं आपको बता दूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ये सोवरेन गोल्ड कॉन की कीमतें होंगी ये 24 कैरेट के लिए होंगी ठीक है ये सबसे ज़रूरी बात है और आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो एक तो प्योर होगा ठीक है इसमें मतलब आपको प्योर की कोई टेंशन नहीं रहेगी तो आपको किसी तरह का सेव करने की डर नहीं रहेगी चोरी का डर नहीं रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेकिंग चार्जेज जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा लेकिन आप शौकीन हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप ज़रूर ले सकते हैं लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट की एक बेस्ट चॉइस हो सकती है ज़ीरो रिस्क में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाएँ अपने नज़दीकी बैंक में उनसे बात करें वहाँ पर इस बॉन्ड को करवाएँ ठीक है ये गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम निकाली है शायद मेरे हिसाब से थैंक यू